तो हेलो गाइस कैसे है आप लोग उम्मीद करते सब लोग अच्छा आगे ही बढ़े रहने वाले तो गाइस फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ पिछले दो दिन पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे व्यूज़ आए थैंक यू गाइस इतने सारे सपोर्ट के लिए तो देखो भाई लोग मैंने बहुत दिन पहले सामने जो एक बैनर देख रहे हो मैंने ये बैनर पोस्ट किया था और उसमें लिखा था जैसे सी एस पोस्ट हाँ गाइस बहुत बहुत सारे बंदे हैं जिन लोगों को मतलब पेड वर्जन क्वारीफाइल के ऊपर भरोसा नहीं होता उन बंदों के लिए भी हमारे पास एक मस्त सोल्यूशन है देखो भाई लोग आप लोगों को इतना पेड वर्जन क्वारिकाइल पसंद है तो हमारे ये जो आईडी देख रहे हो कॉन्टैक्ट आईडी आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो यहाँ पे हम रैंक पुश पुष्प करवा देते हैं विथ पैसों के थ्रू मतलब यहाँ पे हमारा आईडी तो बैन हो जाएगा पर आपका आईडी बैन बिल्कुल भी नहीं होगा तो देखो जिन बंदों को मतलब पैसों से अपना रैंक पुश करवाना है स्पेशलिस्ट ग्रैंड मास्ट पुष्ट वगैरह वगैरह जो भी हो अगर आप रैंक कुछ करवा सकते हो करवाना चाहते हो तो हमारी इस आई डी पर करो अगर रैंक कुछ नहीं भी करवाना चाहते अगर आपको जानकारी चाहिए जो आईडी कैसा रहेगा कहाँ पर कैसे पूछ होगा कितने दिन में हम पे पुश करवाएंगे तो जैसे कि स्क्रीन के ऊपर जो कॉन्टैक्ट आई देख सकते हो आप इसमें हम लोग को फ्रेंड भेज सकते हो और एक बात गैस मैंने पहले भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ ये एकदम फुल्ली पे टू विन होने वाला है मतलब अगर आपके पास पैसा है तभी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करो क्योंकि हमें यहाँ पे पैसा दे के करवाने वाले हैं ये तो हो गया उन बंदों के लिए जो बंदे एक भी रिक्स नहीं लेना चाहते हैं तो हम बात कर लेते हैं हमारे जो फ्री में आप कॉन्टीफाइल देने वाले हैं मैं वो कॉन्फ़िग फाइल के बारे में बात कर लेते हैं तो देखो भाई लोग फिर से एक एम लॉक एम बोड कॉन्फिग फाइल होने वाला है इसमें आप यूज़ करोगे तो आपका आई डी पे एकदम मतलब क्या कहूँ मतलब हेडशॉट के अलावा कुछ लगेगा ही नहीं ये जैसे कि आप देख सकते स्क्रीन के तो ये मेरा ही गेम प्लेब है मैं इस पर अप्लाई uh, करके खेल रहा हूँ और सबसे बड़ी बात तो यह है इसमें आपको मतलब सेंसिटिव भी कुछ ज़्यादा पुष्ट मिल जाएंगे मतलब आपका लो एंड डिवाइस हो आपके डिवाइस में सीख से वर्क नहीं करता तो वो भी आपके डिवाइस में हाई सेंसिटिव होने वाला है मतलब कि इसमें आपको सुपर सेंसिटिव मिलने वाला है और तो और बस यही नहीं इसमें आपको एम बॉड एम नॉट रिक्वेल ये भी आपको मिल जाएंगे और ये मेन आईडी के लिए यूजफुल होने वाला है मतलब अपना रियल आईडी भी आप यूज़ करो आपका आई डी नहीं होने वाला पर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है यही है ये ऑनिक्वेल आपको दो से तीन दिन ही चलेगा उससे ज़्यादा नहीं चलेगा मतलब एक से दो दिन तक आप पुष करवा सकते हो अपना सी या फिर हीरो तो देखो भाई लोग ये तो हो गया अब बात कर लेते हैं जो हमारा पेड भर्जन करने के है देखो जिन बंदों को खरीदना है वो लोग जल्दी से कॉन्टैक्ट करो बहुत जल्दी फुल होने वाला है तो चलो यहाँ पे आपको अपलाई प्रोसेस दिखा देते हैं तो देखो भाई मैंने इसको स्प्रेट कर लिया आपको इसको सिम्पली लॉन्ग प्रेस है और पासवर्ड वीडियो में मिल जाएगा इस फुल वीडियो देखो या पे हमको सिम्पली कॉपी करना है कॉपी करना है और कुछ मत कीजिएगा तो यहाँ पे, पे आपको डिवाइस पे चले जाना है डिवाइस मैनेट पर चले जाएंगे आपको एंड्रॉड पे सिंपली क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे जो डेटा देख रहे हो डेटा पे क्लिक कीजिए अगर आप मैक्स खेलते हो, हो तो मैक्स अगर फ्री फायर खेलते हो तो फ्री फायर तो मैक्स खेलते हो, तो आपको फाइल के अंदर जाए कंपलसरी किसके अंदर आपको क्लिक करना है फिर कंपलसरी इसमें एंड्रॉयड और ये जो गेम्स बैंडल देख रहे पे आपको सिंपली पेस्ट कर देना है